अजाक्स के ढिंडोरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया जहां जिले भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे अजाक्स ने तय किया है कि वो अपने लोगों के लिए संघर्ष जारी रखेगा नव वर्ष के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्ष के डिंडोरी के जिला मुख्यालय कार्यालय का शुभारंभ किया गया संघ के संभागीय अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिकाम के द्वारा फीता काट कार्यालय का उद्घाटन किया गया इस दौरान बिरसा मुंडा एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्षेत्र पर पर किया गया। गया। इस मौके बिहारी सिंह परस्ते को अजाक्स अजाक्स का अध्यक्ष बनाया गया। अजाक्स ने तय किया है कि वह अपने लोगों के लिए संघर्ष जारी रखेगा अजाक्स का जो मुख्य उद्देश्य है सर कर्मचारियों के हकी लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज के हकी लड़ाई को भी लड़ना चूंकि अजाक्ष का जो पूरा जो नाम है वो है अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ तो हम लोग एस टी के अधिकारी कर्मचारी संघ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ये नौकरी में जो हम लोग आए हुए हैं ये समाज के बदौलत आए हुए हैं समाज के सर्टिफिक सर्टिफिकेट सा, लगा कर आए हैं इसलिए हम लोग समाज को पे करते हैं समाज के हक हाँ अधिकार की बात करते हैं संविधान के दायरे में रह करके जो एक कर्मचारी अधिकारी कर सकता है वो खबरें जो आपके काम की है